हाय तो कैसे जोड़ा ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो गाइज प्लीज इस वीडियो को स्कीम मत करना क्योंकि आप भी ये आप अपने रिश्तेदारों के साथ में आप अपनी फैमिली के साथ में किसी के साथ ये इंटरटेन कर सकते हो ये, ये पिछली पिस, वीडियो देखी है तो जैसे आप उस वीडियो में रिश्तेदार या किसी को भी आप सॉफ्ट कर सकते हो बड़ा मजा आता है भाई सच में क्योंकि मैं किसी के सामने भी कर देता हूँ भाई एकदम से उसका रिएक्शन क्या होता है, है? ये रिएक्शन होता है तो गर्द आप किसी को भी ये जादू दिखा सकते हो आप उनके सामने कर सकते हो तो मैं आपको अभी सिखाता हूं कि ये जादू होता कैसे तो सिंपली हमें क्या करना है ये रस्सी ले लेनी है ठीक है ठीके? और थोड़ी बड़ी रस्सी लेनी है और थोड़ी ऐसी लेनी है, जो मतलब एकदम हो, कहीं उसमें कटपुट कुछ ना होना चाहिए गांध गूंठ कुछ नहीं होनी चाहिए एकदम प्लेन रस्सी होनी चाहिए सबसे पहले ठीक है तो हमें क्या करना होता है मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में जादू करके बताया तो सबसे पहले मैंने रस्सी इस तरीके से रखी थी ठीक है इस तरीके से मैंने रस्सी रखी थी उसके ऊपर इस तरीके से मैंने रस्सी रख दी थी तो सिंपली मैंने क्या किया था कि मैंने रस्सी को ऐसे करके ऐसे करके उठा लिया था ठीक है तो अब आपको लग रहा होगा कि बीच का हिस्सा है लेकिन नहीं ये बीच का हिस्सा नहीं ये का है गाई? ये कोने का हिस्सा है वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी कैसा लगा मेरा मजाक <laughs> ये कोने का हिस्सा है ये आपको अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था कि ये बीच का हिस्सा है लेकिन नहीं ये कोने का हिस्सा है तो हम मैंने इस रस्सी को उठाया कैसे सब सबसे पहले हमें रस्सी को इस तरीके से रख लेना है ठीक है इस तरीके से एकदम रस्सी रख लेना है मतलब रस्सी के ऊपर ये दोनों कोने इसके रखने ठीक है थीके? उसके बाद हमें इस फिंगर का यूज करना है इस फिंगर को हमें बीच वाली रस्सी मतलब बीच वाले रस्सी को टच करना है और उसके बाद ये जो फिंगर है ये फिंगर जो देख रहे इसको हमें यहाँ पे रख लेना है ठीक है तो हम यहाँ पे रखेंगे और ये रस्सी ये रस्सी ऐसे पकड़ लेंगे इसको कोने को ऐसे करके पकड़ लेंगे ठीक है और ये रस्सी नीचे रहेगी ठीक है ये ऊपर नहीं आनी चाहिए ये नीचे रहनी चाहिए और इसको ऐसे करके मतलब ये बीच जो बीच वाली उंगली है इसके और इसके बीच में ये चीज फंस जानी चाहिए ठीक है तो जब हम रस्सी उठाएंगे और ये अंगूठा ये जो अंगूठा है इसके बीच में सेंटर में होना चाहिए ठीक है तो हमें क्या करना है इस रस्सी को ऐसे करके ऐसे करके एकदम से उठा लेना है एकदम फास्ट तो ये रस्सी हमारी छूट जाएगी और ये रस्सी हमारे हाथ में आ जाएगी जो इसका कोना है ये देखो भाई ये इसका कोना है तो हमें इस रस्सी को उठाना है ठीक है तो इस रस्सी को हम बीच में से कटवाएंगे ठीक है तो अभी भी आपको ये लग रही होगी कि बीच में से है तो ये बीच में नहीं है इसका है सिर्फ कोना है तो हम इस रस्सी को बीच में से कटवा लेंगे राहुल भाई काटो ये देखो ये, ये कट गई इसके चार कोने हो गए एक ये एक ये एक ये और एक ये और ये कटा क्या है सिर्फ कोना <laughs> ओ भाई मारो मारो मारो मारो मारो मुझे मुझे मारो, मारो। नहीं, नहीं, नहीं, नहीं ये मजाक मजाक हो हो रहा है, और और और हो और और रहा है है एक सेकंड यार नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने अगर मैं यहीं पे रखूंगा तो लोग ये समझेंगे कि बीच में से कट गई है तो ये कटा क्या है सिर्फ कोना ठीक है तो हम क्या करेंगे सिंपली इसमें लगा देंगे गांठ ये देखो ये मैंने इसमें लगा दिया गांठ ये देखो देखोगाइस ये देखो ये लग चुकी है इसमें गांठ कितना भी खींचेंगे कितना भी कुछ भी करेंगे क्यों क्योंकि भाई रस्सी में गांठ नहीं लगी है सिर्फ कोने में गांठ लगी है ये देखो ये बिल्कुल बिल्कुल <laughs> कितना भी इसको खींचवा लोगे कुछ भी करवा लोगे सामने वाला कुछ भी ये नहीं सोच सकता कि भाई ये बीच में से नहीं कटी है कोई भी ये सोचेगा कि हाँ भाई बीच में से कटी है लेकिन आपको सिर्फ पता रहेगा कि हाँ मैंने ये कोना काटा है और कोने को ही इसमें जोड़ दिया है ठीक है तो हमें क्या करना है ये बहुत फास्ट करना है आपको एकदम सिंपल नहीं बहुत आराम से नहीं करना है अगर आराम आराम से करोगे तो आप पकड़ा जाओगे तो आपको बहुत फास्ट करना है कम से कम दस बार आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके ये आएगी ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको एक इस रस्सी को बीच में सेंटर में रख लेंगे और ये वाला हाथ इसके नीचे रख लेंगे और ये रस्सी उठा लेंगे और ये रस्सी भाई को इस तरीके से पकड़ के, किसी भी भाई को पकड़ाएंगे को तो ये ये मेरे हाथ में आ गया तो ये इस कोने को इधर ही निकाल दूंगा मैं चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं आप किसी को यह भी बोलते तो गाय पॉकेट से बनाकर देखा तो उस रस्सी को जब आप खींच के अपने पॉकेट में रख सकते हो समझ लो मतलब आप अपने जेब से मैं आपको जेब से जोड़ के दिखाऊं ठीक है तो इस रस्सी को आप खींच के अपने जेब में भी रख सकते हो उस टाइम पे और ये रस्सी पकड़ा पकड़ेंगे दूसरे भाई को अब ये रस्सी देखो बीच में से एकदम जुड़ चुकी है क्यों क्योंकि ये कटी नहीं तो जुड़ेगी तो वैसे ही <laughs> तो गाइज कैसा लगा आज का ये वीडियो आपको अगर आप सॉरी इस... अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नेक्स्ट वीडियो करना, करना, करना तो तो तो में अभी के लिए बाय अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है तो बाय बायकर